कभी तो तेफी पूछो तुम्हारे बंद का क्या हाल है। तो मेरा देखो ना मेरी है हैसियत पूछो मेरे बिंदु जैसे सोशल अंजाम तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे मौसमी न समझो परिश को हमारे नजरों के सामने में आ सुगर्ग मे सुंदगी खुशहाल है दूरिया लाल